भाई मेरा दिल तो धक धक धड़कता है तेरा कैसे धड़कता है हाँ भू भा भू भी बाजू भू भू भी भा